बोलो बोलो दौल गले बाबा की बाबा का हीरा राजा का हीरा छंद से मर गए एखन अपने सबसे सुंदर छी सबके में जो शक्ति होते भक्ति नई प्रस्तुति छु दूर부 दूर देखै छी यहा चालाकी रे रसुल कुड़िया सुने छी छु दूर부 दूर देखै छी यहा चालाकी नहीं सकती भैया बोलत बोलत बोलबमत सुन रहा स्ट्रीम्स के हर दिन में प्रस्तुति अरे कहाँ ना यह लाई सावन के महीना रिंजीम बरसामे छूटों पसीना और हर महोत्सव ए हो गाजा के माजा मिलाई छह सावन में सो भेका वर्यन झुमाई छह मगना मेरे ते पिया ची भांग धतूरा ते घर पाई पूरा किए चल किलिक मैं सब सुन रहा शक्ति में भक्तिमय प्रस्तुति अरे सुल्तान आर माही सब सब घर घर रहिया मैं बोलबम रिकॉर्डिंग बाई म्यूजिक स्टूडियो